वा कसमें धराते हो कसम धराते हो आन तो के, के तरे तो के पुतली में राखू मैं प्रान के तरे तो के पुतली में राखू मैं प्राण के तरे अभी आकर तुम तो बैठे यहाँ अभी आकर तुम तो बैठे यहाँ अभी आकर तुम तो बैठे यहाँ क्यों चल दिया तू जे क्यों चल दिया तू जे के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 क्या कस में धराते हो आन के दरे तो के पुतैली में राखू मैं, राखूं मैं परान के दरे, तो के तो परुतैली में राखू मैं, राखूं मैं परान के जब तू दूसरे के रूप के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 बात सुभती कलेजे में बाने के तरे तो के पुतली में राखू मैं परान के दरे तोके पुतली में राखू मैं परान के तरे क्यों कसम धराते हो क्यों कसम धराते हो आने के तरे तो के पुतली में राखू मैं, मैं परान के दरे तो के पुतली में राखू मैं, मैं परान के परे कोई बात जो प्यार से पूछूं तुमसे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 तुम तो झाड़ देते था ना के दीवान के तरे तो के पुतली में राख मैं प्राण के तरे तो के पुतली में राखु मैं प्राण के तरे के मैं कस में हो क्यों हो में धराते हो आन के तरे तो के पुतली में राखूं मैं प्रान के तरे तो के पुतली में राखूं मैं प्राण